अबे तुमको कहा लगता है बे? तुम तुम को छोड़ दोगे गाजा नहीं रे। तुमको पता है ना हम बिहारी है पी आई एच ए आर आई बिहारी दूसरी पटाएंगे और मौज उड़ाएंगे